सबसे ज्यादा तो लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती तो बताइए जिस कानून से लोग डर के भाग रहे थे बिहार में लालू यादव अपन का नाम रख बेटिए मीसा भारती रहे थे कि हम यादव लोग जब भैंसिया नहीं पटक सकी हमको तो कौन पटकेगा हमको लालू यादव का भाषण सुनना यादव लोगो जब भैंस नहीं पटक सकी पटक देगा। ए, एक बार संसद भवन में बैठे बैठे अब बुजुर्ग हो गए, बैठे-बैठे कहीं झपकी ले लिए मीडिया वालों को तो चाहिए अब मीडिया वाला एक बार पूछ दिया आप संसद में बैठ के सो रहे थे तो कह बह का, सो थोड़े रहे थे। हम चिंतन कर रहे थे <laughs>